मेरी मानो इश्क उतना ही करो जितना भुला सको इश्क उतना ही करो जितना भुला सको क्योंकि अगर याद रह गया ना तो जिंदगी तबाह कर देगा